हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था यहां तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था अगर कुछ था, तो बस यही एक देश इंडिया तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना करता उनका नामकरण उनके साथ कर देते तो नाम क्यों पड़ा कैसे पड़ा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए तो, तो देखिए कि हमसे वाश पैता कौन तो